माल मिला या नहीं कुछ भी नहीं सर माल मिलेगा तो पुष्पा नहीं मिलेगा पुष्पा मिलेगा तो माल नहीं मिलेगा दोनों तो को साथ में पकड़ने की तमन्ना पूरी नहीं होने वाली yeah.